आप देखो खाला हूँ खाना खाता हूँ तो अभी बहुत डिस्टर्ब हुआ तो जल्दी से बात कर लोल कर तो चलो कुछ कर बेल आइकन तो फ्रेस कर जल्दी फटाफट फिटा तो मैं आपको पता है कि आपको ये लगा ही होगा कि मैं गुरु प्रभा में आता हूँ आया हूँ और आपके आया ना नहीं ऐसा बिल्कुल मैं अपनी फैमिली में वीडियो एंड करते हैं ठीक है बाय बाय अगली वीडियो के लिए वेट करना प्लीज़ नोटिफिकेशन होगी देखना तो मेरी वीडियो आपको पसंद करेगी ठीक है